तो आज हम बात करेंगे एस एस सर्टिफिकेट की एस एस सर्टिफिकेट जो होता है बेसिकली वो क्या होता है जब आप कोई होस्टिंग बाय करते हो या कोई डोमेन होस्टिंग बाई करते हो, होस्टिंग के साथ आपको एक साल का फ्री एस एल सर्टिफिकेट मिलता है जिसका सीधा सा मतलब आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी से होता है एक वेबसाइट में क्या होते हैं ट्रांजेक्शन्स होते हैं वेबसाइट हैक हो सकता है तो उसकी एक पर्सनल सिक्योरिटी होती है जिसके लिए हमें क्या चाहिए होता है एसएसएल सर्टिफिकेट जब आप अपनी होस्टिंग आप बाय करोगे तो फर्स्ट ईयर तो आपको एसएसएल सर्टिफिकेट फ्री मिलता है पर नेक्स्ट ईयर आपको उसके लिए पे करना होता है और वो आपका चार हज़ार रुपये से आठ हज़ार तक हो सकता है ये इतना महँगा होता है बट अगर आपका होस्टिंग को एक साल से ऊपर हो गया है और आप रिव्यू करा रहे हो तो उसके बाद आपको क्या करना होता है एस एस सर्टिफिकेट किसी भी वेबसाइट के लिए बाय करना होता है तो सपोज एस एस सर्टिफिकेट जैसे कि सपोज आप कोई भी वेबसाइट जब यहाँ पे डालते हो सपोज हमने यहाँ पे एक वेबसाइट डाला कबडील एक वेबसाइट है जिसमें आप देखोगे यहाँ पे https लिखा है और यहाँ लॉक लगा हुआ है तो ये एस एस सर्टिफिकेट क्या है एस एस सर्टिफिकेट तो क्या होता है कभी कभी यहाँ पे एक रेड कलर का मार्क लगा हुआ आता है इस जगह पे क्या लगा होगा इग्र कलर का मॉक लगा होगा तो उस मॉक का मतलब ये है कि उसकी जो सेफ्टी है जो उस वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसएसएल सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट आप कैसे आ, उसको अप्लाई कर सकते हैं और उसको अपनी होस्टिंग से किस तरीके से आप कॉन्फिगर कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है आपको जो आपका एस सर्टिफिकेट है जैसे कि सपोज़ Suppose मैंने यहाँ पर माना कि मेरे पास एक जहाँ से आपने hosting लिया है क्या लिया है जहाँ से आपने domain लिया है सॉरी जहाँ से जहाँ पर आपका डोमेन है आपको अपने डोमेन में जाना है डोमेन के पैनल को आपको लॉग इन करना है और अपने account पर जाना है my product तो good आई डी में हम चले गए यहाँ पर आप क्या क्या आ गया माई प्रोडक्ट यहाँ पर आपको अपने डोमेन में जाना है जिस डोमेन में आपको एस सर्टिफिकेट लगाना है तो यहां पे आप देखेंगे स्टोर डॉट नाइन यहां पर आप देखेंगे एक SEO office, क्या SEO office SEO office क्या एक डोमेन है है? है? क्या क्या आपके पास डोमेन है इस डोमेन पे मुझे एस सर्टिफिकेट लगाना है तो उसके लिए मैं करूंगा इसको यहां पे आप डी करेंगे या इसे मैनेज भी कर सकते हैं डीएनएस पे मैं क्लिक कर देता हूं तो डीएनएस पे क्लिक करने पर यहाँ पे लिखेंगे जो यहाँ पे ये नेम सर्वर है क्या है नेम सर्वर तो मुझे इन नेम सर्वर को क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे मुझे दूसरे नेम सर्वर डालने पड़ेंगे अब एक आपकी होस्टिंग का भी नेम सर्वर होता है पर अगर होता क्या है कि इस जगह पर जैसे आपने सपोज नेम चिप की होस्टिंग ली है होस्टिंग आपने कहा से लिया हुआ है नेम चिप से लिया हुआ है डोमेन आपने कहा से लिया हुआ है गुड आईडी से लिया हुआ है तो इस सिचुएशन में आपके जो नेम चिप के जो नेम सर्वर है उनको यहां पर डालना होता है इस जगह पर डालना होता है समझ में आ गया मैं इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आप फिर से इसको ध्यान से समझ लीजिए अगर आपका होस्टिंग और डोमेन अलग अलग वेबसाइट से है आपने होस्टिंग कहीं और से खरीदा है डोमेन कहीं और से खरीदा है तो दोनों के नेम सर्वर क्या होंगे अलग अलग होंगे तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा जो नेम चिप का जो नेम चिप का सर्वर नेम है उसको हमें कहाँ डालना पड़ेगा यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा अगर हमारे पास गुड आईडी से ही हमारी होस्टिंग होती गुड आईडी से ही हमने डोमेन बाय किया होता तो उस केस में हमें क्या करना होता है चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बट अगर आपका होस्टिंग अलग जगह से है डोमेन अलग जगह से है तो होस्टिंग का जो नेम सर्वर है उस नेम सर्वर को आपको यहाँ पे क्या करना होता है अपग्रेड यानी चेंज करना होता है तो फिलहाल हमें ये भी यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि हमें क्या करना है एस सर्टिफिकेट को चेंज करना है तो इसके लिए हमारे पास क्या है इसके लिए हमारे पास है एक क्लाउड फ्लेयर आप इसको लिख सकते हैं क्लाउड करके एक आपका वेबसाइट है क्लाउड फ्लेयर पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको लॉग करना है यहाँ पर आपको अपना अकाउंट बना लेना है फ्री अकाउंट बनाना है मैंने ऑलरेडी इसमें अकाउंट बना लिया है यहाँ पे फ्री अकाउंट आपको बनाना है फ्री अकाउंट बनाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जो मैंने वेबसाइट इस पर डाली हुई है जैसे कबीर डॉट इन स्टोर डॉट स्टोर नाइन डॉट एंड अनबॉक्स ये तीनों की तीनों की जो तीनों वेबसाइट हैं वो यहाँ पे क्या है मैंने एक्टिव हो रखी हैं अब मुझे क्या करना है इस जगह पर मुझे न्यू साइट को ऐड करना है तो मैंने यहाँ पर एड साइट पर क्लिक किया यहाँ पर मुझे अपना डोमेन डालना है तो मेरा डोमेन है एस क्या है एस ऑफिस डॉट इन यह है डोमेन अब इस डोमेन को आपको क्या करना है ऐड साइड साइड ऐड ऐड करनी है जब आप इसमें करेंगे तो कुछ ऑप्शंस खुलेंगे उन ऑप्शंस को आपको क्या करना है फ्री तो यहाँ पे इसका है प्रो है बिजनेस है एंटरप्राइज है हमें फ्री टोकन लेना है क्या लेना है फ्री वाला ऑप्शन लेके इससे कंटिन्यू करना है जब आप इसे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू करने के बाद ये कुछ और ऑप्शन पूछेगा आपसे ये आ गया कहा ये आ गया उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कुछ नहीं करना है कुछ भी नहीं करना है आपको नीचे आना है कंटिन्यू करना है फिर आपको ये दिख रहा है यहां पे दो यहाँ पे एक हीरा और एक हीरा पे ये दो इन्होंने क्या दिए हुए हैं नेम सर्वर दिए हुए हैं इनको यहां से कॉपी कर लेना है क्या कर लेना है कॉपी और यहां चेंज में जाके जो आपको गुड आइडिया यहाँ पे आपने डोमेन बाय किया है चेंज में जाके यहाँ पे एक एंटर ओन नेम सर्वर एक को तो आपको यहां डालना है और दूसरे को आपको जो दूसरा है इसका नेम सर्वर इसको भी यहां से कॉपी करना है और इसको भी यहाँ पे आपको पेश कर देना है और यहाँ पे इसको सेव कर देना है तो गुड आईडी में के आपने नेम सर्वर क्या कर दिए चेंज कर दिए हैं और यहाँ पे यस यह पे क्लिक करके इसे कंटिन्यू कर है क्या कर देना है कंटिन्यू कंटिन्यू करने से क्या होगा ये 48 एट आवर्स ऑलमोस्ट देगा लेगा, लेगा मतलब मत, मैक्सिमम 48 एट आवर्स लेगा मे बी एक दो घंटे में ये अपडेट हो जाता है इतना आपको वेट करना पड़ेगा फिर यहाँ पे जब आ गए आप यहाँ भी भी 24 फोर आवर्स दिखा रहा है एंड डन एंड चेक नवर तो यहाँ पे आपको यहाँ पे चेक करना है फिर यहाँ पे गेट स्टार्ट करना है फिर इसको आपको सेव करना है यहाँ पे फिर एक ऑप्शन और खुलेगा यहाँ पे ऑलवेज यूज एस को उसको ऑन कर देना फिर इसको सेव कर देना उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप आपसे पूछेगा नेक्स्ट स्टेप में आप यहां जाएंगे यहां पे जाओ उसके CSS एस HTML तीनों को ले लेना देख, देख, देख, देख, तीनों को यहाँ पे टिक लगा लेना फिर इसको यहाँ पे सेव कर लेना उसके बाद यहाँ पे फिर सेव पे क्लिक कर देना उसके बाद यहाँ पे फिनिश कर देना इतना टास्क आपको क्या करना है परफॉर्म करना है इतना टास्क परफॉर्म करने के बाद ठीक है अभी रिव्यू के लिए चलाया गया किसके लिए चला गया एक रिव्यू के लिए चले चले गया रिव्यू सेटिंग अब रिव्यू के लिए चले गया है यहाँ पर रिव्यू सेटिंग्स दिखा रहा है तो इस सेटिंग्स को आप दोबारा से एक बार रिव्यू कर लो कोई मिस्टेक्स तो नहीं है ठीक है ये ठीक किया हमने एक बार ये भी हमने ठीक किया है यहाँ क्लिक कर देना है फिर यहाँ पर भी आपने टिक लगा दिया है इसको भी सेव कर लो फिर यहाँ पर भी आप नेक्स्ट कर लो फिर यहाँ पर इसको फिनिश कर लो यहाँ पे फ्री कर ठीक है अब यहाँ पर आप देखेंगे अब जब यहाँ पर आप इसके डैशबोर्ड में जाएंगे यहाँ पे उसके डैशबोर्ड में जाएंगे तो यहाँ पे देखना रहा है यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है अपडेट तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा तो इस तरीके से यहाँ पे जो ये पेंडिंग है यहाँ पे भी एक्टिव हो जाएगा तो इस तरीके से अगर आपकी वेबसाइट पे जो आपका एसएसएल सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो चुका है जिसका एक अच्छा खासा खर्चा साल का आता है उस खर्चे को आप फ्री ऑफ कॉस्ट बचा सकते हैं तो स्टेप बाय स्टेप इस चीज को फॉलो करना है और डेफिनेटली आप फ्री ऑफ कॉस्ट चार पाँच साल के लिए नेम से को यूज़ कर पाऊंगे